गुड निंग दोस्तों स्टार्ट तो करेंगे आज का तो सेशन मैंसन किया पहला क्वेश्चन किसी त्रभुज की बुझाएं पंद्रह तेरह और चौदह सेंटीमीटर है इसका छेदफल कितना होगा ए दिया है पंद्रह बी दिया है चौदह सी दिया है तेरह एक त्रभुज है जिसकी बुझाएं पंद्रह चौदह और तेरह सेंटीमीटर है क्षेत्रफल कितना होगा तो S निकालेंगे हम पंद्रह 14 चौदह प्लस तेरह बटे दो किसी तरबुज की बोझा पंद्रह चौदह तेरह क्षेत्रफल तो कितना होगा 15 14 तेरह ऐसे निकालना है पाँच चार नौ तीन बार है एक तीन चार बयालीस बटे दो यानी कितना २१ इसका एरिया निकालेंगे तो एरिया निकालना है अंडर में एस एस माइनस एनि इक्कीस इक्कीस माइनस पंद्रह इक्कीस माइनस चौदह इक्कीस माइनस तेरह सॉल्व करिए कितना आ गया हमारे पास इक्कीस इक्कीस पंद्रह पंद्रह छह इक्कीस में चौदह सात इक्कीस में तेरह आठ तो कितना आ गया इक्कीस को लिख सकते हैं तीन गुणा सात छ तीन गुणा दो और सात और आठ का हमारा हो गया दो गुणा दो गुणा दो कितना बनेगा तीन का पेयर बन गया सात का पेयर बन गया दो का पेयर बन गया और एक और दो तो हमारे पास टोटल अगर सात थी इक्कीस दूनी बयालीस दूनी चौरासी एट्टी फोर सेंटीमीटर स्क्वायर अगर तो सेंटीमीटर में है क्या आएगा 84 सेंटीमीटर एट्टी 84 सेंटीमीटर दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। एक की कोई एक भुजा भुजा 12 सेंटीमीटर है। इस में की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है त्रिवुज का क्षेत्रफल क्या होगा किसी त्रभुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है त्रिभुज की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और तो ज का क्षेत्रफल कितना होगा? एक त्रिभुज है ऊंचाई कितनी है ऊंचाई दी है 8 सेंटीमीटर ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और भुजा कितनी है 12 सेंटीमीटर तो किसी त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है ऊंचाई 8 सेंटीमीटर अब जे तो ये 12 जो है उसमें लिखा है क्या नहीं लिखा तो है।, तो हाँ तो है तो आठ क्या दी ऊंचाई और त्रभुज की ऊंचाई आठ है त्रभुज का क्षेत्र कितना होगा दूसरे क्वेश्चन में दिया हुआ तो यहाँ पर क्या निकालेंगे तो समकोण त्रबूज कर लेंगे यहाँ पर ठीक है त्रभुज कैसा हुआ समकोण ऊंचाई दी है और आठ बारह है एरिया निकाल के तो एरिया निकालने का क्या लगाएंगे एरिया निकालना है तो एरिया निकालने के लिए लगाएंगे वन टू बेस इंटू हाइट बेस कितना है है और हाइट कितनी है आठ दो से कट गया करिए छह से आठ का गुना करेंगे अड़तालीस सेंटीमीटर स्क्वायर अड़तालीस सेंटीमीटर स्क्वायर अगला क्वेश्चन दिया है एक त्रोज किसी क्षेत्र की वजह 8 सेंटीमीटर है का क्षेत्रफल कितना होगा तो की 8 सेंटीमीटर है ए बराबर दिया है 8 सेंटीमीटर ए बराबर 8 सेंटीमीटर दिया है एरिया कितना होगा संभाव त्रबुज का क्षेत्रफल कितना होगा संभव त्रभुज का क्षेत्रफल संभव मतलब तो इसका क्षेत्रफल होगा रूट थ्री अपॉइंट फोर ए स्क्वायर रूट थ्री अपॉइंट फोर ए स्क्वा मतलब कितना रूट थ्री अपॉइंट फोर ए कितना है आठ गुना आठ चार धूनी आठ आठ दूनी सोलह थ्री सोलह रूट थ्री आंसर क्या आएगा सोलह रूट थ्री सेंटीमीटर स्क्वायर भाव त्रवुज का क्षेत्रफल हो जाएगा सोलह रूट थ्री सेंटीमीटर स्क्वय अगला क्वेश्चन देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या दिया है एक संभाव त्रवुज का क्षेत्रफल पच्चीस रूट थ्री है त्रवुज की भुजा कितनी होगी एक संभाव त्रभुज का क्षेत्रफल एरिया दिया है पच्चीस रूट थ्री X का क्षेत्रफल दिया है पच्चीस रूट थ्री है तो यहां पर भुजा कितनी होगी संभव तरबुज का क्षेत्रफल होगा क्या होता है रूट थ्री अपॉन फोर ए स्क्वायर बराबर पच्चीस रूट थ्री रूट थ्री अपॉन फोर ए स्क्वायर बराबर रूट थ्री से रूट थ्री काट दें ए स्क्वायर निकालेंगे 25 सौ को सौ और ए बराबर आएगा अंडर रूट सौ और अंडर रूट सौ की वैल्यू होगी 10 सेंटीमीटर कितनी हो गई दस सेंटीमीटर क्वेश्चन नंबर सिक्स में है एक त्रिभुज की भुजा छः है तो उसकी ऊंचाई कितनी होगी एक संभाव त्रिभुज की भुजा संभाव त्रिभुज की भुजा 6 है संभाव त्रिभुज की भुजा 6 है इसकी ऊंचाई कितनी होगी ऊंचाई निकालना है मतलब जे वाली लंबाई तो संभाव त्रिभुज की ऊंचाई होती है संभाव त्रिभुज की ऊंचाई संभाव त्रिभुज की ऊंचाई होती है कितनी रूट थ्री अपॉन टू ए कितने हो गए हमारे पास रूट थ्री अपॉइन टू ए ए मतलब यहाँ पर कितना है छ so, so, से काट दें तीन तीन रूट थ्री सेंटीमीटर स्क्वा तीन रूट थ्री सेंटीमीटर स्क्वा अगला क्वेश्चन देखेंगे तो तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर एट एक किसी संभावित में ए बी आठ है सेंटीमीटर है ए बी आठ सेंटीमीटर है बीसी दस सेंटीमीटर है बीसी दस सेंटीमीटर है और सी ए ये आठ सेंटी दस और सी ए आठ सेंटीमीटर है आठ सेंटीमीटर है ए डी गुजर बी पर लंब है त्रिभुज ए का क्षेत्रफल क्या होगा एक त्रिभुज में A, B और त्रज एवी आठ सेंटीमीटर है बीसी दस सेंटीमीटर है और सी ए आठ सेंटीमीटर है ए बी बी तीनों दी है और इसमें बोला, है एडी भुजा, एडी भुजा है पर है है AD AD AD AD भुजा भुजा भुजा BC BC BC पर पर पर लंब लंब लंब ये वाली लंबाई तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा तो क्षेत्रफल देखेंगे AD भुजा BC पर लंब है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा और भी कुछ है क्या समृद्ध त्रिभुज एबी इतना बी इतना सीए और एडी बीसी बी सी पर लंबे तो क्षेत्रफल कितना होगा तो तीन वजह दी है क्षेत्रफल किसका निकालना है क्षेत्रफल ए का क्षेत्रफल कितना होगा त्रिभुज ए का क्षेत्रफल कितना होगा ए बी इधर के इससे का क्षेत्रफल निकालना ए बी का क्षेत्रफल कितना होगा तो देखें यहां पर कितने का एंगल बनाएगा 90 का और जे भुजा और इसके जे इसके बराबर है वाली सी के बराबर है तो इसका मतलब 10 होने का है तो इसका जो आधा हो जाएगा 5 आधा हो जाएगा 5 और एरिया निकालेंगे एरिया निकालेंगे इसका ट्राइंगल ए बी डी का एरिया निकलेगा टू वन टू बेस है 5, और हाइट कितनी है? हाइट कितनी कितनी है है दी नहीं दी है हाइट तो पहले हाइट निकाल ट्राइंगल ए बी डी में अगर हम देखें तो ट्राइंगल ए बी डी में बराबर बराबर बराबर होगा A, बराबर होगा A, बराबर होगा अंडर रूट अंडर उ 8 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर तो कितना आएगा 64 25 मतलब कितना 14 में से पांच गया नौ और पांच में से दो गया तीन उनतालीस तो यहां पर कितना रखेंगे रूट में उनतालीस कितना आ जाए रूड उनतालीस तो कितना आ गया हमारे पास इसे सॉल्व कर लें पांच बटे दो रूड उनतालीस सेंटीमीटर स्क्वातना आ जाएगा पांच बटे दो रूड उनतालीस सेंटीमीटर स्क्वायर अगला क्वेश्चन देख लें क्वेश्चन नंबर है हमारे पास नाइन क्वेश्चन नंबर दिया है नाइन क्वेश्चन में कहा है किसी संपूर्ण त्रिभुज का लंब सेंटीमीटर और आधार आठ आध सेंटीमीटर है कर्ण की लंबाई कितनी होगी किसी का सेंटीमीटर है लंब सेंटीमीटर है और आधार आठ सेंटीमीटर है आधार यानी बीस कितना कर्ण कितना होगा या निकालने कर्ण कितना होगा लंब है सेंटीमीटर आधार आठ सेंटीमीटर है तो कर्ण कितना होगा तो कर्ण निकालने के लिए कर्ण का वर्ग बराबर होगा इसका छ का वर्ग प्लस आठ का वर्ग तो छ का होता है छत्तीस आठ का होता है चौसठ छहतीस और और चौसठ सौ कर्ण का वर्ग जो होगा कर्ण बराबर किसके होगा दस सेंटीमीटर कर्ण बराबर होगा दस सेंटीमीटर इसकी जो लेंथ होगी होगी सेंटीमीटर कर्ण की लंबाई होगी दस सेंटीमीटर की क्वेश्चन नंबर टेन देखेंगे किसी समकोण त्रिभुज का लंब आधार पांच और बारह इं क्षेत्रफल कितना होगा किसी समकोण त्रिभुज में लंब और आधार एक समकोण त्रिभुज है इसका लंब है कितना पाँच सेंटीमीटर लंब है और आधार कितना है बारह सेंटीमीटर तो इसका एरिया कितना होगा लंब पांच आधार बारह है एरिया निकालना है तो इसका एरिया होगा टू लम्बू आधार लंब कितना है पांच आधार कितना है बारह दो से कट गया छह छह कट गया पांच का गुणा तीस आएगा तीस सेंटीमीटर स्क्वायर <coughs> अगला क्वेश्चन देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? ग्यारह किसी समित दस रूट टू है किसी समकोण सम त्रिभुज इसमें एक बर्ड लिखा हुआ है क्या समिभा और समकोण समिदिभा समकोण किसी समिदिवाऊ समकोण त्रिभुज में क्या दिया कर्ण दस रूट टू है तो मतलब इसकी दो बराबर हो हो समकोण जिसमें एक एंगल 90 का हो। और कितना है है तो कर्ण दिया है दिया अगर हम इसका आधार x मान लें तो लम्ब भी कितना होगा x होगा लंबे भी x होगा तो क्या होनेगा x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर बराबर दस रूट टू एक्स का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर बराबर दस रूट टू दो से काट दें कितना 5 दो से काट दें कितना कण दिया है दस रूट कर्ण निकालते कैसे हैं सॉरी रूट कितना बनेगा कटेगा तस, रूट टू से रूट टू गया। आ गया। दस सेंटीमीटर कर्ण होता है कर्ण क्या होता है कर्ण बराबर अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कर्ण बराबर अंडर रूट में होता है एल इससे अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर इलेवन अब आयो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व में क्या दिया है किसी समकोण का समृद्धि फोर है समृद्धि समकोण का क्षेत्रफल कितना है ये तो बराबर है समकोण किसी समृद्धि भाव समकौन का क्षेत्रफल फोर है इसका जो एरिया एरिया एरिया है है वो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर समकोण समकोण का का इतना है, तो क्या निकालना उसका कर्ण कितना हुआ? कर्ण कितना कितना दिया हुआ तो जी है जी हुआ। तो एक्स है जे भी एक्स होगा एरिया निकालते कैसे हैं एरिया निकालने के लिए क्योंकि तो 90 है बराबर दिया 64 64 तो एरिया निकालना है तो वन अपॉइंट एरिया निकालना है तो वन अपू सिक्स दिया है और तो एरिया निकालना है तो क्या करेंगे तो बेस बेस हाइट हाइट कितना है एकस, और कितनी तो बराबर कितना या x एकस का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर और चौसठ दूंगी एक स्क्वायर हटा के क्या चढ़ेगा अंडर रूट एक सौ तो अट्ठाइस की वैल्यू कितनी हो जाएगी आठ रूट दो आठ रूट दो यानी कि x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी आठ रूट दो एक क्वेश्चन और देखेंगे 13 क्या का एक समकोण क्षेत्रफल है उसका आधार समकोण मतलब तो दो बराबर और और एक एंगल डिग्री का और इसका क्षेत्रफल कितना है क्षेत्रफल है छत्तीस क्षेत्रफल छत्तीस है इसका आधार कितना होगा तो आधार कितना मान ले रहे हैं इसका एक्स। आधार आधार कितना मान मान निकालेंगे इसका तो आधार लिया बराबर के ठीक है छत्तीस में दो का गुणा करेंगे एक्स का कितना होगा स्क्वायर तो जो एक्स की वैल्यू आएगी आएगी वो कितनी क्वेश्चन पूछा था आधार कितना होगा तो आधार हुआ सिक्स रूट टू सेंटीमीटर आगे देखेंगे कुछ क्वेश्चन क्वेश्चन देखेंगे आगे क्या यह आयत रिलेटेड आयत रेक्टेंगल के रिलेटेड क्वेश्चन लिखेंगे रेक्टेंगल क्या इकात की लंबाई और चौड़ाई 10 और 8 है क्षेत्रफल कितना होगा एक आयत है जिसकी लंबाई 10 है और चौड़ाई 8 है लंबाई 10 है चौड़ाई 8 है क्षेत्रफल कितना होगा एरिया कितना होगा तो एरिया निकालेंगे 8 गुणा दस मतलब कितना अस्सी सेंटीमीटर स्क्वायर आठ गुणा दस अस्सी सेंटीमीटर स्क्वायर टाइप टू का 2. पहला कुछन. दूसरा क्वेश्चन क्या है किसी आयत का परिमाप छप्पन है और लंबाई पंद्रह है आयत का क्षेत्रफल कितना हो एक आयत है इसका परिमाप ५६ है और लंबाई १५ है इसका एरिया कितना होगा एक आयत है जिसका परिमाप ५६ है और परिमाप होता क्या है इसलिए परिमाप होता है टू एल बराबर किसके ५६ दो से काट दिया कितना अट्ठाईस तो से काट दिया 28. L कितना है 15. B कितना है पता नहीं है बराबर कितना 28. तो उसकी चौड़ाई निकाली कितनी 28 माइनस पंद्रह अट्ठाईस में से 15 गया इसकी जो चौड़ाई आ गई बी बराबर है। वो कितना आ गया 8 में से पाँच गया 3 तेरह इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है तेरह तो चौड़ाई इसकी तेरह सेंटीमीटर है एरिया कितना होगा एरिया निकालेंगे एल इंटू बी मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई पंद्रह गुणा तेरह पंद्रह गुणा तेरह पंद्रह तीर पैंतालीस पंद्रह पंद्रह चार उन्नीस एक सौ पंचानवे सेंटीमीटर स्क्वायर इतना हो जाएगा एक सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर में क्या दिया है एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का तीन रेशियो दो का रेशियो है एक आयताकार खेत जिसमें लंबाई और चौड़ाई का रेशियो है तीन रेशियो दो तीन रेशियो दो है इस खेत का परिमाप 100 है पेरिमीटर इसका 100 सेंटीमीटर है लंबाई कितनी होगी लंबाई कितनी होगी तो देखेंगे यहां पर पेरीमीटर होता है टू ब्रैकेट में एल प्लस बी बराबर कितना 100 तो से काट दें कार्ड से काट कार्ड कितनी बार 50 L आ गया हमारे पास 3x और 3 आ गया 2x बराबर कितने 50 तीन दो कितना हो गया 5x 50 5x बराबर कितना हो गया 10 तो x 10 हो गया तो लंबाई कितनी हो गई इसकी लंबाई हो गई कितनी 3x मतलब कितना तीन गुणा दस सेंटीमीटर लंबाई हो जाएगी तीस सेंटीमीटर अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेवन में दिया है है है है है किसी आयत आयत का का परिमाप परिमाप परिमाप 60 60 सेंटीमीटर सेंटीमीटर उसका क्षेत्रफल और और लंबाई अनुपात 12 1 एक, एक रेक्टेंगल जिसका 60 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है उसके क्षेत्रफल और उस जबकि उसके क्षेत्रफल और लंबाई का अनुपात बारह और एक है क्षेत्रफल और लंबाई का अनुपात बारह और एक है। आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए लंबाई कितनी होगी परिमाप साठ है क्षेत्रफल और लंबाई का अनुपात तो यहां से क्षेत्रफल कितना हुआ क्षेत्रफल होता है l इंटू बी एल इज इक्वल टू बारह रेशियो वन इससे मतलब एल एल गया, तो वन किसके है बारह रेशियो वन तो b जो है वो कितना है 12 x b है बारह एक्स हमारे पास तो परिमाप क्या होता है परिमाप होता है 2l एल प्लस बराबर दिया हुआ है 60. 2l एल प्लस बराबर दिया हुआ है 60. से वैल्यू कूट करेंगे टू एल कितना है 60 कितना, कितना आ जाएगा यहां से निकालें 12 13 दोनों छब्बीस छब्बीस एक्स बराबर साठ वैल्यू कितनी आ गई दो से काट दें x बराबर तीस बटे तेरह तीस बटे तेरह एक्स बराबर तो इसका यहाँ पर कितना आ गया लंबाई कितनी होगी लंबाई तो कितनी थी तीस बटे तेरह सेंटीमीटर इसकी लंबाई होगी आंसर क्या आएगा तीस बटे तेरह सेंटीमीटर क्वेश्चन नंबर कौन सा है क्वेश्चन नंबर सेवन तीस में से बारह अच्छा लंबाई हमें निकालनी है लंबाई निकालनी है तो कितना एल कितना हो जाएगा मुझे बारह तो दो से काट दिया तीस दो से काट देंगे तीस कितना तो एल निकालना है तो एल बराबर तीस माइनस बारह एल बराबर कितना दस में दो गया आठ 18 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर इसका अगला क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट में कहा है किसी आयताकार प्लॉट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 60 प्रतिशत अधिक है एक आयताकार प्लॉट है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 60 प्रतिशत अधिक है लंबाई और चौड़ाई लंबाई चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर ज्यादा है तो लंबाई चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक है तो प्लॉट का क्षेत्रफल कितना होगा? लंबाई जो तो है वो चौड़ाई से कितनी है 60 सतीशत अधिक है यानी कि लंबाई जो तो है वो चौड़ाई के 160 प्रतिशत के बराबर है लंबाई चौड़ाई के एक के बराबर है जीरो से जीरो काटा दो अट्ठे है दो पच्चे यानी जो लंबाई और चौड़ाई का रेशियो है वो कितना है आठ रेशियो पांच अब सवाल में कहा गया है कि लंबाई चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक है तो यहां पर आठ रेशियो पांच है तो कितनी अधिक है तीन, तो तीन अधिक है बराबर चौबीस के तो एक्स बराबर आ गया आठ के तो लंबाई कितनी हो गई आपस? लंबाई हो गई आट आट, मतलब आप चौसठ और चौड़ाई हो गई कितनी पांच गुणा आठ मतलब चालीस क्वेश्चन में ये लिखा था लंबाई चौड़ाई से 60% प्रतिशत है इसका मतलब है लंबाई जो है वो चौड़ाई की 160% है 160 जीरो से जीरो तो लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो है वो रेशियो है आठ रेशियो पाँच का तो लंबाई चौड़ाई कितनी ज़्यादा है 3x बराबर किसके चौबीस के तो x बराबर किसके 8 के तो लंबाई हो गई चौंसठ और चौड़ाई हो गई चालीस अगला क्वेश्चन देखेंगे अगला क्वेश्चन है हमारे पास एक आयताकार प्लॉट है एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसमें लंबाई चौड़ाई से बीस मीटर अधिक है एक आयताकार प्लॉट है जिसमें लंबाई चौड़ाई से लंबाई जो है वो चौड़ाई से बीस मीटर अधिक है अगर ये एक्स सेंटीमीटर है तो ये एक्स प्लस बीस है लंबाई चौड़ाई से बीस सेंटीमीटर अधिक है प्लॉट के चारों ओर बाढ़ लगाने का खर्च छब्बीस रुपये पचास पैसे प्रति मीटर है बाढ़ लगाने का खर्च बाढ़ मतलब इसका पैरीमीटर का जो खर्च है पैरीमीटर है वो छब्बीस रुपये पचास पैसे खर्च है इसका पैरीमीटर परिमाप का खर्च बाढ़ पर खर्च बाढ़ लगाने का खर्च कितना है छब्बीस रुपये पचास पैसे आगे बोला है प्रति मीटर त्रेपन सौ रुपए खर्च किए छब्बीस रुपए पचास पैसे प्रति मीटर खर्च है टोटल उसने कितने रुपए खर्च किए खर्च टोटल किए त्रेपन सौ रुपए तो त्रेपन सौ रुपए उसने टोटल खर्च किए प्लॉट की लंबाई कितनी होगी तो त्रेपन सौ रुपए खर्च किए तो यहां पर निकालेंगे परिमाप कितना निकलेगा त्रेपन रुपए और एक पर कितना छब्बीस रुपये पचास पैसे के हिसाब से पॉइंट हटा के जीरो बढ़ा दें एक जीरो से एक जीरो काट दें पाँच से कितना आ जाएगा पचम पच्चीस पाँच पंद्रह यानी कि ये कट गया पांच बार कट गया पूरा हजार बार त्रेपन से काट दिया पाँच से काट दे रहे पाँच धूनी दस तो परिमाप आ गया दो सौ परिमाप निकाला कैसे जाता है टू एल बराबर 200 तो 2l कितना है x 20 और चौड़ाई है x बराबर किसके है 200 तो 2 से काट दें 200 कितनी बार कटेगा 100 और x और x मिलकर हो जाएंगे 2x 100 में से बीस घटाया बचा कितना 80 2 से काट दिया अस्सी तो एक्स का मान जो आ गया हो, वो हो गया कितना 40 सेंटीमीटर x तो आगे 40 सेंटीमीटर तो इसकी चौड़ाई है कितनी 40 सेंटीमीटर और लंबाई कितनी होगी लंबाई होगी कितनी ज्यादा है 40 प्लस बीस चालीस प्लस बीस मतलब कितनी 60 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होगी 60 सेंटीमीटर आगे देखिए कुछ क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन और दिए हैं क्या दिए है? एक किसी वर्गाकार खेत की भुजा किसी वर्गाकार खेत की भुजा किसी वर्गाकार खेत की भुजा 45 है तो खेत का क्षेत्रफल कितना होगा 45 सेंटीमीटर है खेत का क्षेत्रफल कितना होगा तो क्षेत्रफल निकालेंगे इसका पैतालीस इंटू पैतालीस मतलब बीस पच्चीस सेंटीमीटर स्क्वा इसी वर्गा का क्षेत्रफल कितना होगा भुजा बोझा है कितना होगा पैंतालीस इंटू पैतालीस दूसरा क्वेश्चन है किसी वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 100 एकड़ है उसकी भुजा कितनी होगी एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 100 एकड़ है 100 एकड़ है इसकी भुजा कितनी होगी इसकी भुजा कितनी होगी तो क्षेत्रफल 100 एकड़ है तो एरिया दिया एकड़ से 100 सो, सोलह इंटू हजार एक एकड़ में होते हैं दस हजार वर्ग मीटर तो कितना हो जाएगा सो सोलह इंटू एक, एक एकड़ क्षेत्रफल है क्षेत्रफल है।, है तो दस हजार का वर्गा तो काश निधान का क्षेत्रफल सोलह एकड़ है तो इसकी भुजा कितनी होगी तो भुजा हो जाएगी इसकी दो जीरो तो एक एकड़ बराबर एक बराबर 100 मीटर स्क्वायर, स्क्वायर, 1600 भुजा क्या सोलह सौ ए बराबर होगा 40 मीटर इसकी जो भुजा आएगी वो होगी कितनी 40 मीटर तीसरा तीसरा क्वेश्चन क्या है किसी वर्ग का क्षेत्रफल दो है क्षेत्रफल है एक वर्ग है जिसका क्षेत्रफल दो है छप्पन कितनी होगी विकरण कितना होगा विकरण कितना होगा इसकी लंबाई है पूछिए कितना होगा क्षेत्रफल कितना है 256 सौ क्षेत्रफल निकालते हैं ए स्क्वायर बराबर 256 a बराबर होगा 16 सेंटीमीटर a 16 सेंटीमीटर होगा तो विकर्ण निकालना है इसकी जो भुजा है वो 16 है विकर्ण होता है कितना a रूट टू मतलब 16 रूट टू सेंटीमीटर इसका जो विक्रम होगा वो होगा सोलह रू टू सेंटीमीटर अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर फोर दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात नौ और एक है एक वर्ग है और एक और वर्ग है इसका ए वन और ए टू का जो रेशियो है वो कितना है नौ और एक ए वन और ए टू का रेशियो नौ और एक है इनके परिमाप का अनुपात कितना होगा मतलब पी वन और पी टू का रेशियो कितना होगा तो ए वन और ए टू का रेशियो दिया है मतलब इसका मतलब है ए वन स्क्वायर और ए टू स्क्वायर दिया है कितना नौ रेशियो एक ए वन और ए टू का जो रेशियो है तीन रेशियो एक तो इनका P1 और P2 का जो रेशियो होगा, P1 और P2 का रेशियो होगा होगा कितना 4A1 4A2, 4 4 से कट गया, तो ए वन रेशियो A2 के बराबर होगा मतलब कितना तीन रेशियो एक तो इनके परिमाप का रेशियो भी तीन रेशियो एक होगा अगर जो रेशियो कहते हैं जो रेशियो इनके एरिया का होगा वही रेशियो इनके परिमाप का होगा जो रेशियो इनके एरिया में होगा वही रेशियो इनके परिमाप में होगा अगला क्या है क्वेश्चन नंबर फोर एक समुच पर क्वेश्चन है इसी समतु के विकरण क्रमशः अनुसार सोलह और बारह हैं इसका क्षेत्र कितना ए बी सी डी इसका एक विकरण सोलह का है और दूसरा विकरण बारह का है तो क्षेत्रफल कितना होगा तो क्षेत्रफल निकालेंगे एरिया निकालने के लिए एरिया वन पॉइंट टू डी वन इंटू डी टू तो वन पॉइंट टू सोलह इंटू बारह तो उसे घट गया आठ आठ बारह छियानवे नाइन्टी सिक्स मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर कितना होगा नाइन्टी सिक्स सेंटीमीटर स्क्वायर दूसरा क्वेश्चन है पहला दूसरा क्वेश्चन दिया है चालीस सेंटीमीटर और तीस सेंटीमीटर वाले विकर्ण वाले सम का परिमाप कितना होगा चालीस सेंटीमीटर और तीस सेंटीमीटर माप के विकर्ण चालीस सेंटीमीटर तीस सेंटीमीटर माप के विकर्ण चतुर्थ का परिमाप कितना होगा तो तो देखें पर है तो इसका आधा कर दो पंद्रह इधर हो गया चालीस का आधा कर दो बीस इधर हो गया तो यहां पर नाइन्टी का हुआ एंगल ए बी सी डी तो यहाँ ट्राइंगल ए ओ बी में क्या करेंगे ए बी बराबर निकालिए तो ए बी बराबर निकलेगा अंडर उतना हो गया चार सौ और पंद्रह का हो गया दो सौ पच्चीस मतलब हो गया छह सौ पच्चीस और छह सौ पच्चीस से हो तो गया पच्चीस परिणाम हुआ चार गुना पच्चीस मतलब सौ चार होना मतलब कितना सौ क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है किसी समचतुर्भुज के विकर्ण पर बने क्षेत्रफल का योग बने वर्गों का क्षेत्रफल का योग मतलब जिए? एक समचतुर्भुज की भुजा और विकर्ण पांच और आठ है एक समचतुर्भुज की भुजा और उस पर बनने वाला विकर्ण और विकरण पांच और आठ का है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा तो क्षेत्रफल निकालने के लिए दूसरा विकर्ण निकालना होगा तो यहाँ पर नाम डाल दिया ओ इधर डाल दिया एक ट्राइंगल किसकी बात हो रही है ए ओ बी की जिसमें कि यहाँ पर हुआ कितना आठ का चार आधा हुआ चार तो यहाँ पर कितना बनेगा ओ बी का ओ बी अंडर रूट में कितना पांच का माइनस चार का कितना पच्चीस में से कितना घटा हो सोलह तो बराबर रहेगा रूट में नौ और नौ से बनेगा कितना तीन आ गया तीन तीन आ गया तो हमारे पास ऊपर का हो गया यानी कि एरिया निकालेंगे निकाले तो होगा वन अपॉइंट टू इन टू आठ गुणा छो तो दो आठ का आ गया चार।, चार का छ में कर दिया गुणा सेंटीमीटर तो एरिया कितना होगा वन पॉइंट टू डी वन इन टू डी चौबीस सेंटीमीटर परीडियो में करेंगे इसके आगे के क्वेश्चन थैंक यू फॉर वॉचिंग